शहद का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पर खास तौर पर सर्दियों पर लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और जब गला खराब होता है उससे राहत पाने के लिए पर वो लोग जो शहद के पीछे क्रुएलिटी है उसकी वजह से उसे छोड़ना चाहते हैं उनके लिए हमने ये खास तौर पर रेसिपी बनाई है जिसकी ना सिर्फ खुशबू और स्वाद पर उसके हेल्थ बेनिफिट भी बिल्कुल शहद जैसे हैं शहद बनाने के लिए हम पाँच बड़े सेब ले रहे हैं आप लाल या हरे कोई भी ले सकते हैं सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और बीज अलग कर देंगे इसका छिलका नहीं उतारेंगे क्योंकि छिलकों में पिकटिन होता है जो आपके शहर को गाढ़ा करने में मदद करेगा अब इन कटे हुए टुकड़ों को हम एक मिक्सी में डाल के आधे कप पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे ताकि उसकी प्योरी बन जाए पानी की मात्रा आप जितनी कम रखेंगे उतना आपको कम वक्त लगेगा शहर तैयार करने में अब हम एक पतीला लेंगे जिसके ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे और उसके ऊपर नट मिल्क बैग या एक साफ कपड़ा रखेंगे अब जो हमने प्यूरी तैयार की है उसको इस कपड़े से छान लेंगे अब इस बर्तन में सेब का रस तैयार हो गया है अब तैयार किए हुए सेब के रस को हम तेज सेब पर उबालेंगे अब इसमें हम सेब के रस जितना ही गुड़ पाउडर डालेंगे और साथ ही एक नींबू का रस डालेंगे अगर आपको अपने शहद में फूलों की खुशबू चाहिए तो आपको ये फूल फॉर्म में मिल जाएंगे या सूखे हुए मिल जाएंगे पांच से दस मिनट में जब फूल इसमें इन्फ्यूज हो जाएंगे तो आप ये टी बैग इसमें से निकाल लीजिए ताकि ये इसमें फट ना जाए आपको पता चल जाएगा की ये शहद तैयार है जब वो आधा रह जाए और उसकी कंसिस्टेंसी एक तार जितनी हो जाए इस तैयार शहद को आप बिल्कुल बाजार में मिलने वाले शहद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस शहद को घर पर बनाइए और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करिए